यदि आपको मेहंदी लगाना अच्छा लगता है और आपको अच्छे अच्छे डिजाइन में मेहंदी बनाना आता है तो आप अपने इस टैलेंट को अपना बिजनेस बना सकते हैं जिससे आप हर महीने हजारों रुपए कमा सकते हैं विवाह, त्योहार व अन्य समारोह के चलते लाखों रुपए तक भी कमा सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं वो भी एकदम सरल भाषा में तो मेहंदी पार्लर का सही नाम चुनिए यदि आप मेहंदी पार्लर खोलना चाहते हैं तो आपको अपने पार्लर का एक यूनिक नाम सोचना होगा सोशल मीडिया पर अपने पार्लर के नाम का अच्छा लोडो तैयार करवाएं और वहां मेहंदी की डिजाइंस के कुछ वीडियोस अपलोड कर दें आप चाहें तो पार्लर के अच्छे प्रमोशन के लिए शहर की कोई छोटी मॉडल हायर कर लें इससे आपका बिजनेस अच्छे से प्रमोट हो जाएगा और अधिक खर्चा भी नहीं आएगा दूसरा है मेहंदी पार्लर खोलने की सही जगह का चयन करें यदि आप घर से मेहंदी सिखाने व लगाने का काम करते हैं तो आपको जगह का कुछ खास चयन नहीं करना होता है क्योंकि आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है यदि आप इस बिजनेस के लिए किसी दुकान का चयन करते हैं तो आपको जगह लोकेशन आदि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये जगह मार्केट में होनी चाहिए जहां महिलाएँ मेहंदी लगवाने के लिए आसानी से आ जा सकें आपके पार्लर का एक अच्छा सा लोगो तैयार करवाएं जो दिखने में सुंदर और आकर्षक हो इसके अलावा आपके साथ काम करने वाले लोगों की एक ड्रेस कोड भी होना चाहिए जिससे आपके बिजनेस का एक प्रोफेशनलिज्म नजर आता है जिससे आपके बिजनेस को एक पहचान मिलती है उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्टाफ ग्राहक से अच्छा व्यवहार करें तय करें शहीद आम यदि आप प्रोफेशनल तरीके से काम को करना चाहते हैं तो मेहंदी लगाने का रेट एकदम सही रखें यदि आप किसी के घर जाकर मेहंदी लगाते हैं तो उसका अलग से चार्ज करें अगली बात है कि दूल्हा दुल्हन और अन्य सदस्यों का चार्ज यदि आप घर के सभी सदस्यों को मेहंदी लगा रहे हैं तो दुल्हा दुल्हन के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का सबसे ज्यादा चार्ज अब ये चार्ज पांच से लेके पांच तक तो कुछ भी हो सकता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर किसी की नज़र दुल्हन दुल्हन पर होती है तो जाहिर सी बात है कि मेहंदी भी अधिक गहरी लगानी पड़ती है और सुंदर लगानी पड़ती है और दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाने में टाइम भी बहुत लगता है और इनकी मेहंदी का काम भी बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है अब इसके बाद आते हैं दुल्हन की बहन दुल्हन की माँ भाभी चाची मामी और फ्रेंड्स जिनका चार्ज भी अलग अलग, अलग तय करें बता दें सबसे पहले आप दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाएं क्योंकि बाकी सदस्यों को पहले मेहंदी लगाने से आप थक जाते हैं और फिर दुल्हन के हाथ की मेहंदी बिगाड़ने की संभावना रहती है अगर आप दुल्हन के हाथों की ही मेहंदी बिगाड़ देंगे तो इससे आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा और दूसरी जगह के ऑर्डर भी मिलना बंद हो जाएंगे अगली बात है समय पर पहुँचे अगर आपके पार्लर में कोई मेहंदी लगवाने आता है ठीक है, लेकिन आप किसी अपनी डायरी में नोट कर लें और अपना खुद का मोबाइल नंबर भी उन्हें नोट करवाए ऐसे इसलिए ताकि दूसरी बार मेहंदी का काम वो आपसे ही करवाए अब अगली बात आती है कि मेहंदी डिजाइन के प्रकार तो मेहंदी डिज़ाइन के कई सारे प्रकार होते हैं जैसे अरेबिक मेहंदी भारतीय मेहंदी पाकिस्तानी मेहंदी धार्मिक डिज़ाइन मेहंदी ब्राइडल मेहंदी ग्रूम मेहंदी ग्लिटर मेहंदी मल्टी कलर मेहंदी मुगलई मेहंदी मोरक्कन मेहंदी तो ध्यान दें जितने मेहंदी के प्रकार होते हैं उन्हीं के हिसाब से इसका चार्ज भी अलग अलग होता है तो आपको जिस हिसाब की मेहंदी लगवानी है आप अपने बजट के हिसाब से लगवा सकते हैं इसके अलावा आप अगर मेहंदी में किसी की तस्वीर या कुछ अलग प्रकार की कलाकृतियाँ बनवाते हैं तो इसका चार्ज भी अलग से देना होता है क्योंकि मेहंदी का काम काफी बारीकी और अधिक समय वाला होता है साथ ही आप आप किसी की तस्वीर बनाने के लिए कहते हैं, हैं। तो आप उसे तक चार्ज कर सकते सातवां है मेहंदी पार्लर खोलने में कितना निवेश होगा तो मेहंदी का बिजनेस शुरू करने में आपको कोई निवेश करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ तो आपका खुद का हुनर है आप जितने में चाहे उसे बेच सकते हैं एक मेहंदी का कोन मुश्किल से 10 से 20 रुपए में आता है कहीं कहीं तो मेहंदी बनवाने वाले ही मेहंदी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं इसके अलावा आप मेहंदी के कोन अगर बेचना भी चाहें तो उसके लिए मुश्किल से आपका 5 से 6000 रुपए का खर्चा आएगा और साथ में आप इसे अपने मेहंदी पार्लर में रखकर बेच भी सकते हैं और एक और बिजनेस आपका खुल जाएगा फिर अगली बात आती है कि कैसे करें मेहंदी की मार्केटिंग तो मेहंदी की मार्केटिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी सुंदर मेहंदी बना सकते हैं जितनी सुंदर आपके महंदी आपकी मेहंदी की डिजाइन होगी आपकी डिमांड भी उतनी बढ़ जाएगी कभी कभी तो किसी शादी में जाने के दौरान वहां के देखने वाले लोग ही आपको अगली शादी में हायर कर लेते हैं किसी भी चीज की मार्केटिंग के लिए आज के समय में सोशल मीडिया सबसे अच्छा ऑप्शन है आप चाहें तो यूट्यूब पर अपनी मेहंदी की वीडियो डाल सकते हैं इसके अलावा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और फेसबुक का भी सारा ले सकते हैं इसके साथ ही सोशल मीडिया की हर साइट पर अपना मोबाइल नंबर भी डालें ताकि लोगों को आपका पता आसानी से मिल जाए और वे अपना ऑर्डर सही जगह दे पाएं इसके अलावा मार्केटिंग के लिए अपना विजिटिंग कार्ड और बैनर बनवाएं जब आप कहीं भी मेहंदी लगाने जा रहे हैं तो वहां के सभी लोगों में अपने विजिटिंग कार्ड दे दें दे और अपने बिजनेस की जानकारी उन्हें दें अगला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि कितनी होगी मेहंदी के बिजनेस में कमाई तो जितनी अच्छी आपके मेहंदी की डिज़ाइन होगी जितनी डिमांड होगी उतना ही पैसा आप चार्ज कर सकते हैं शुरुआत में आप थोड़ा चार्ज कम रखें ताकि मार्केट में आपकी एक बार रेपो बन जाए तो आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं इसके बाद आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से भी पैसे ले सकते हैं जब आपके पास अधिक से अधिक लोग सीखने आने लगें वो मेहंदी लगवाने लगें तो आप महीने में बीस के करीब तो आराम से कमा पाएंगे इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं अगर आपको पहुंच सकते हैं ये काम दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन आप इसे प्रॉपर तरीके से करते हैं तो एक समय के बाद इसमें आप लाखों तक कमा सकते हैं okay, आपके बिजनेस का सच्चा साथी